लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही लाइबिलिटी नहीं होती पापा को अब बोलेंगे आराम करो हम कमा रहे हैं कहते हैं ना बेटियां घर छोड़ती है बेटा भी घर छोड़ता है ठीक है और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है वो बेटों का वो चीज़ भी नसीब